सब का जाने वाले है इको बारिश का कोई चांस नहीं लगता आ हाईवे। ये वही जगह है तो यहाँ पे हम बस रुके थे सन और लेफ्ट साइड में खत्म होने वाला है नियर दमदम एयरपोर्ट और ये हम आ चुके हैं न्यू टाउन लोक ऑरेंज और वायलेट उनका रास्ता इतना सुंदर लगता है बहुत लगता। यार, कितना लग रहा है यार रील्स का शूट एक इंस्टाग्राम तो हम चारों भाई आर वन फाइव जाएंगे आज ये क्योंकि आज इस ग्रुप में मेरा पहला दिन था आ चुके के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल और सामने है, ये भी हम लोग को ही है या फिर रूट भी काफ़ी अच्छा है आई होप आप लोगों ने ब्लॉग को इन्जॉय किया प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप लोग वह सब गाय इस कैसे हो आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे सो so, आज हम जाने वाले हैं इको पार्क सो so, ये हम आ चुके हैं श्यामनगर रेलवे स्टेशन के पास अभी लेना है लिफ्ट oh, अभी रेलगेट है बंद और यहाँ पे रुकना है अपने को पहले से ही हम बहुत ज़्यादा लेट हैं और आज ऊपर से और भी ज़्यादा लेट हो चुके हैं आज भी बारिश का कोई चांस नहीं लगता तो so, आसमान पूरा साफ़ है तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है आज तक मैंने कभी ईको पार्क नहीं गया तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ईको पार्क जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ आज के लिए सो ये आ गया कल्याणी हाईवे यहाँ से लेना है राइट पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा गाइस। तो कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट वहाँ पे पहुँचने के लिए अगर रास्ता खाली रहा तो इससे भी ज़्यादा स्पीड से हम जा सकते हैं। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं जोधपुर और गाइस अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा है तो शायद ये जगह को आप अच्छी तरह से पहचानोगे कि ये वही जगह है जहां पे वो मीट स्पीड मीटर था सो तो जहां पे मैंने कुछ शूट भी किया था तो वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको इसका पिछला वाला जो ब्लॉग है वो आपको दिख जाएगा उसका लिंक और ये हाईवे में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत जगह है गाइस, वो ये जगह मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे मतलब राइट साइड पे एक तालाब जैसा लेफ्ट साइड पे एक नेचरिस्टिक एक बेसिकली सुंदर एक जगह और ऊपर आसमान मतलब बहुत अच्छा व्यू लगता है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके फोटो भी खींचते हैं तो यहाँ पर हम बस रुके थे कुछ फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ोटो आया है जैसे आपको अभी भी शायद दिख रहा होगा राइट साइड में है सन और लेफ्ट साइड में आसमान मतलब कुल मिला के बहुत खूबसूरत एक वेदर लग रहा है अभी सो so, शायद और 10 मिनट के अंदर ये रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मेन रोड पे बस और पांच मिनट शायद लगेगा ये रास्ता खत्म होने में so guys, ये रोड जो है ये रोड था कल्याणी हाईवे ये रोड लगभग खत्म होने वाला है और आगे जाके है मोड़ वहां से हम लोग को लेना है लेफ्ट और जाना है दमदम एयरपोर्ट दम के रूट पे अरे यार सिग्नल नहीं है सच सिग्नल हो चुका है गाइस सो so, अब हम लोग लेंगे लिफ्ट। यार रास्ता कितना खराब है यहाँ पे सच में और हम पहुंच चुके हैं जोशो रोड पे नियर दमदम एयरपोर्ट और यहाँ से हम लोग लेंगे राइट और ये हम आ चुके हैं न्यू टाउन जैसे आप देख सकते हो आसमान गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है यार मतलब पूरा वायलट और ब्लू का एक कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है यार और इसका रास्ता हर एक चीज़ न्यू टाउन का रास्ता इतना सुंदर लगता है व्यू इतना सुंदर लगता है और पीछे देखिए ये आसमान आपको दिखाता हूँ ये देखिए पीछे ये जो ऑरेंज कलर का ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना ये येलो ऑरेंज और वायलेट का तब अलग सा मतलब ऐसा लग रहा है कि आसमान ना तो यहाँ पे कोई रंगों का खेल हो रहा है सच में इतना सुंदर लग रहा है गाइस और शाम को इतना सुंदर लगता है यहाँ पे तब आप अगर न्यूटन पर इवनिंग राइड कर रहे हो ना गाइस तो उसका अलग मज़ा है सच में रास्ता इतना चौड़ा इतना खुला आप पूरा थ्रॉटेल देखे बाइक को चला सकते हो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे भी आपका स्पीड लिमिटर है तो आप ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते हैं यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी चीज़ स्काई से यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया लगता है चार बंदी आर वन फाइव में कितना कूल cool लग रहा है यार सच में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है यार और मतलब आर फाइव इतना अच्छा बाइक है कोई भी इस पर बैठता है ना मतलब जस्ट वाव लगता है वाव अभी यहाँ से हमको लेना है राइट क्योंकि मैप भी दिखा रहा है कि यहाँ से लाइट राइट लेना है और राइट लेते ही पड़ेगा आपका इको पार्क जहाँ पे हमको जाना है सॉरी गाइज एक्चुअली मेरा माइक का आई थिंक कुछ ईशू हो गया होगा पता नहीं क्या होगा लेकिन बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है और पता नहीं मतलब साउंड कुछ अलग सा आ रहा है तो so, इसके लिए सॉरी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा गलती नहीं होगा प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा गाइज़ हम लोग अभी कर रहे हैं रील्स का शूट एक इंस्टाग्राम रील शूट हो रहा है अभी तो so, हम चारों बाइक चारों आर आर फाइव ऐसे जाएंगे तो so, रील शूट हो रहा है और गाइस एक मजे की बात क्या है पता है मतलब जो बंदी वहाँ पे मिली थी सो so, वही बंदी हम लोग का ग्रुप का मेंबर है तो मुझे नहीं पता था क्योंकि आज ये क्योंकि आज इस ग्रुप में मेरा पहला दिन था तो अच्छा लगा ये चीज़ तो अब हम आ चुके हैं इको पार्क के अंदर और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ज़्यादा तो भीड़ नहीं है लेकिन फिर भी मतलब रोड बहुत साफ़ सुथरा है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल और सामने है नोबेल ये भी हम लोग के ग्रुप का ही है जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइज़ यहाँ पे ट्रेन सो इको पार्क के ये एक नंबर गेट है तो यहाँ पे आप अगर कहीं भी जाओगे मतलब यहाँ पे अगर आओगे कभी भी तो आपको ऐसा ट्रेन दिखेगा सो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो इसी वजह से कुछ अलग सा फ़ील हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रोड्स भी काफ़ी अच्छा है यार मतलब बहुत साफ़ सुथरा है तो so गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉक कैसा लगा आई होप आप लोगों ने ब्लॉक को एंजॉय किया इसके बाद यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा बहुत बातचीत होगा थोड़ा बहुत मस्ती मज़ाक होगा उसके बाद हम चले जाएंगे घर आई होप यू लाइक द वीडियो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हो